Friends, मैं में में के नहीं नहीं मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज मेरे साथ आयुष है कुछ बहुत अच्छी बताई थी जो मैंने कभी आप सब के साथ शेयर नहीं की थी तो मैं वो सारी एक्सर शेयर करने वाला और ये उन लोगों के लिए है जिनको नेक में शोल्डर्स में अपर बैक में पेन रहता है एंड ये वीडियो प्योरली एक्सरसाइज बेस्ड है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम आने वाले टाइम में ज्यादातर जो जो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सीख सकें और घर बैठे ही हम सबसे इलाज कर सके तो पहली चीज जो करनी है कि आपको घर एक शोल्डर उठाना है हाँ टाइप करना है ऊपर सामने को ये आपकी नेक और शोल्डर के लिए और गर्दन को इस तरफ से स्ट्रेच करना है आगे देखना हाँ। अब इसकी देखिए आप गर्दन इसकी काफी रिलैक्स है तभी ये स्ट्रेच कर पा रहे हैं ये चीज मैं करूंगा तो मेरी देख लीजिए टाइट करना है को, शोल्डर को और पीछे की तरफ देखना है और सिक्सटी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करते रहिएगा अब दूसरी तरफ से शोल्डर को उठाओ पूरा टाइट करो इसको हाँ इस तरह से नीचे ले जाके ऐसे हाँ, अब अब आप रिपीट करते देखी। आप दूसरी एक्सरसाइज आप देखना चाहेंगे वो ये है की बहुत सारे लोगों को ये चीज ये वीडियो सबने देखी है और सबको अलग फील होता है कि किस तरह से टॉगल के यूज से आप अपनी नेक्स नेक की एक्सटेंशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं आयुष इसको पकड़ लेंगे पकड़ के एल्बोज ऊपर ले जाओ और गर्दन के पीछे खींचो के सारी चीजें गर्दन के नीचे को अब कोई प्रेशर आ रहा है फील हो रहा है गर्दन पे अपर बैक पे फील हो रहा है प्रेशर कितना कम ज्यादा मतलब निकल रहा है तो अगर किसी की बैक टाइट होगी तो इतना पीछे नहीं जा पाएगा राइट है ना तो वो सीधे इस पोजीशन में भी गर्दन को ऊपर खींच सकता है जितना एल्बोस क्लोज ला सकता है हाँ बैक बैक को रिलैक्स करते हुए खींचो जितना खींच सकते हो ये भी आप 30 सेकंड्स वन मिनट करें ज्यादा से ज्यादा एक साथ इंक्रीज ना करें सेम दूसरी चीज इसको पकड़ लेंगे यहीं पर हाफ को ऊपर स्ट्रच करो पूरा ये बॉग एंड रेड ने नहीं बताई थी मैं खुद एकट करने की कोशिश करो ऊपर स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है नहीं है ये मेरा एक्सपेरिमेंट है आया आया ज़्यादा कम कम था था तो और दोबारा करेंगे गर्दन तो सीधी रखो यहाँ रुकी रहती है सीधी वेरी गुड रिलैक्स अब सेम चीज़ आप भी कर सकते हो दोबारा करेंगे गर्दन कोई इस तरह से अब गर्दन में, में? में आ रहा है प्रेशर साइड में बताओ ये एक तीन एक्साइजेस बताई है सबसे ज्यादा अब बेटर किसमें लगा फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट और लास्ट तो देखिये जस्ट मैंने अभी कुछ सेकेंड पहले वीडियो देखकर आपको एक्सरसाइज करना सिखाया आयुष का रिव्यू है कि उसको सबसे ज्यादा जो स्नेक में में स्ट्रेच आया फील हुआ वो था इस एक्सरसाइज दोबारा दिखा दो हाँ इसको गर्दन को शोल्डर को टाइट करते हुए इससे भी प्रेशर लगाना है पुल करना है और सारा ये स्ट्रेच होगा सेम चीज उस तरफ थोड़ा तो कोई एक एक्सरसाइज थी और इसके साथ ही और दूसरी एक्सरसाइजेस सिंपल एक जो आप सब जानते ही हैं करते ही रहते हैं वो है शोल्डर को रोटेट करना है शोल्डर रोटेट पूरा ऊपर उठा रोटेट सामने पीछे हाँ, सीधी हाँ, पूरा वो, और इसी को एक आगे पीछे दोनों हाथों से पूरा पीछे पूरा हाँ पूरा पीछे और सामने क्रॉस करेंगे वेरी हाँ, गुड हाँ, ये आपका पैक के लिए होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपका भी इससे फायदा होता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखें और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें हम कुछ दिन कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइजेस के ऊपर ही आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस